हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो मैं अमनदीप आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान का इतिहास जिसमें हमारी सारी सभ्यताएँ हैं कल हमने पढ़ लिया था बागौर सभ्यता पढ़ लिया था और मंडपिया के विषय में भी हमने पढ़ लिया था ठीक है आज हम पढ़ेंगे निम्बाहड़ा तो आज की जो सभ्यता है हमारी वो है निम्बाहड़ा सभ्यता निम्बाहेड़ा निबाह जो सभ्यता है उसको पढ़ने से पहले मैंने आपको कल बताया था कि पाषाण तो हम अतीत हमें समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ रही है तो देखिए जो इतिहास है, इप को अभी है. तो अब देखिए इतिहास है जो इतिहास इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है तीन मतलब काल में बांटा गया है इतिहास को पहला है प्राग काल देखिए ये मैं आपको इसलिए पढ़ा हूं कि आपका बेस हो जाए निम्बहेड़ा सभ्यता को समझने के लिए पहले ये चीज समझ दी हूं काल दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल ठीक है फिर तीसरा हम लिख लेते हैं ऐतिहासिक काल ठीक है ये हो गया हमारा अब देखिए इतिहास को जो तीन कालों में बांट दिया ठीक है ये हो गया अब आगे मैंने आपको कल पाषाण काल पढ़ाया था तो इसमें देखिए कि जो ये ठीक है अब आगे देखिए इसमें कि जो प्रागतिहासिक काल है जो उसको दो भागों में बांटा हुआ है पाषाण काल और पाषाण काल क्लियर है कल मैंने आपको पाषाण काल के सारा डिवाइडेशन कितने में बांटा गया है वो सब आपको बता दिया है जब बागौरव मैं आपको पढ़ा रही थी पहले ठीक है तो देखिए पाषाण काल मतलब प्राग काल ऐसा काल है जहां पे सिर्फ औजार ही मिले हैं पत्थर के औजार मिले हैं या तांबे के औजार मिले हैं इसलिए इसको प्राग काल कहा जाता है ठीक है इससे पहले जो हमें मिल रहे हैं जैसे आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता मैं आपको बताऊंगी ऐतिहासिक काल क्या होता है तो प्राग काल जो है क्योंकि तो हमारी जो ये सभ्यताएँ हैं ना बागोर ले लो चाहे मंडपिया ले लो और चाहे हमारा निम्बाहड़ा ले लो जो हम आज पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा जो जो भी ये सभ्यताएं हैं ना उसका कनेक्शन जो है वो इस काल से बहुत है पाषाण काल से और तांब पाषाण काल से इस काल से इन सभ्यताओं का बहुत ज़्यादा मतलब ये संबंधित है इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि इतिहास में जो प्राग काल है उसके अंदर ही ये दोनों काल हैं बांटा गया है मतलब प्राग काल जो ऐसा समय है जब त, जो पत्थर के और तांबे के दोनों प्रकार के औजार यहाँ मिल रहे हैं ठीक है तो मैंने आपको कल पढ़ाया था बागोर सभ्यता पढ़ाया था ना तो उसमें हमने देखा था कि दूसरे जो चरण है उसमें तांबे के भी उपकरण मिल रहे थे ठीक है तो यहाँ पर जो भी आपसे ये सिलेबस पूछी गई है ना सभ्यता तो उसका संबंध किस है प्रागैतिहासिक काल से मतलब ये प्रागैतिहासिक काल की है प्राग काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री एज भी बोला जाता है और इसको पैलिथिक एज ठीक है सॉरी स्टोन एज बोला जाता है और इसको बो, इसको बोला जाता है कॉपर एज बोला जाता है ठीक है अब इसको देखो हमने फिर बांट दिया था तीनों भागों में तीन भागों में बांट दिया था पूरा पाषाण काल ठीक है, दूसरा हमने देखा था इसमें मध्य पाषाण काल और तीसरा हमने देखा था इसमें नव पाषाण काल ठीक है इस तरीके से ये हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है जितनी आपकी जो सभ्यताएं जो आपको सिलेबस में पूछी गई हैं वो कौन से काल की हैं अगर ऐसा पूछ ले तो वो है प्राग काल की और प्राग काल के अंदर ही ये पाषाण काल आ रहा है और ताम्र पाषाण काल भी आ रहा है इसके अंदर ठीक है इस तरीके से देखिए आद ऐतिहासिक में फिर काश्य युगी ना जाएगा फिर ऐतिहासिक में लोहयुगिन आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे सभ्यता ठीक है तो हमें ये समझ में आ गया फिर इसको हमने बांटा था आगे आ, जो इसको भी तीन में हमने डिवाइड कर दिया था निम्न पुरा पुरा पाषाण काल को भी और मध्यपुरा और उच्चपुरा ये तो आपको सबको पता चल गया ठीक है यहां तक आपको सबको क्लियर है ठीक है इतिहास को तीन भागों में बांटा है प्राग ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल यहाँ पर आपको क्लियर है कि जो हम हमारी जो सभ्यताएं हैं वो इस काल से ही इन इन कालों से ही जो हमें मिली है मध्य पाषाण काल बताया था मैंने आपको कल बागोर के विषय में बताया था ठीक है अब देखिए ताम्र पाषाण काल भी अलग से है ठीक है तो ताम्र पाषाण काल में कौन कौन सभ्यता आपने पढ़ा होगा आहट सभ्यता है मतलब आहट सभ्यता जो है राजस्थान की ही सभ्यता है तो वो ताम्र ताम्र युगिन सभ्यता है मतलब ताम्र काल के पाषाण के बाद में जो मानव ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानव ने ऐसी कौन सी धातु है जिसका पहली बार प्रयोग किया तो क्या आएगा हमारा आंसर वो आएगा तांबा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना चालू किया तो वो आ जाएगा तांबा ठीक है और औजार किसके बनाए सबसे पहले तो पत्थर के औजार बनाए क्योंकि हम सभ्यताएं पढ़ रहे तो हम कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन तो ठीक है और ताम्र पाषाण काल आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर तांबे से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। आहड़ जो है राजस्थान में है अभी उदयपुर में है ठीक है स्थिति है तो वहाँ से बहुत सारे जो क्या मिले हैं तांबे की वस्तुएं मिली हैं, उसको ताम्र युगीन जो उसको ताम, ताम्ब तांबे के ही वहाँ पे उद्योग करता था बल्कि यहाँ पर उद्योग ही नहीं बल्कि दूसरे जो अलग अलग आसपास की जो सभ्यताएं थी वहाँ पर इनका व्यापार भी होता था वहाँ पे ठीक है तो यहां तक तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो मध्य पाषाण काल का जो है हमारा जो बागोर हमने पढ़ लिया वो मध्य पाषाण काल का है हमने मंडपिया भी पढ़ा था जो निम्न काल के भी आप, आ, पाए जाते हैं निम्न पुरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था हेंडेक्स मिला है कल है ठीक है चापर चौपर ठीक है इस तरीके से मिला है और फिर इसमें नुकीलेदार मिले हैं ये सारे पत्थर से बने हैं नुकीलेदार और इसमें कैसे मिले हैं ब्लेड्स ठीक है तो देखिए अगर इसका समय हम देखें जो इन कालों का तो ये है 6 लाख से दस हजार ये ईसा पूर्व है सारा ठीक है और इसका हम समय देखें तो ये नौ हजार से लेके ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा चारूर्व क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो इन्हीं से रिलेटेड है सारी जो इस काल से ही रिलेटेड है सारी सभ्यता है।, तो है तो ये है 4000 से लेके ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक है ठीक है इस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं सभ्यताए है। ठीक है तो ये पूरा पाषाण काल में आ, ये इस तरीके से आ जाएगा कि किस तरीके के के हमें औजार मिले हैं मैंने आपको कल पढ़ा दिया था तो आइए हेड़ा जो सभ्यता है जो हमारी तो सभ्यता है पहले तो आप देखिए निम्बाह कहा है इसकी तो स्थिति देखिए कहां पर है निम्बाह वर्तमान में कहां पर है यह है चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा 30 किलोमीटर दूर है ये निम्बा निम्बा एक इतना दूर है तो मैंने आपको कल बताया था कि जो भी सभ्यताएं है वो सारी नदी के किनारे में बसी हुई है कैसी है नदी के किनारे बागोर जो बताया था मैंने आपको कौन सी नदी कोठाई नदी के अब देखिए जो निम्बा हेडा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे बसी है जैसे निम्बा से, निम्बा से नदी यहां पे है एक कौन सी नदी है निम्बा नदी यहां साथ में एक कदमाली या कजाली नदी भी है इसको कदमाली भी बोलते हैं और कजाली कजाली भी आ जाता है इसका नाम कजाली नदी ठीक है कदमाली आ जाए या कजाली आ जाए तो दोनों सेम ही है ठीक है तो निम्बा नदी देखिए अब तो ये जो नदियां हैं अभी नहीं है लेकिन जब ये सभ्यता का विकास हुआ था या जब सभ्यता थी अभी भी है जो हमको खुदाई से मिल रहे हैं सब तो यहां पर एक निम्बा नदी बहती थी ठीक है तो उसके साथ साथ निम्बा और कजाली नदी भी थी निम्बा और कजाली नदी या कदमाली नदी दोनों प्रकार की नदियां तो हमें स्थिति समझ में आ गई कि ये कहाँ पर है तो ये निम्बाह कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में है इसकी स्थिति चित्तौड़गढ़ से 30 किलोमीटर दूर है और कौन सी नदी है निम्बा नदी और कदमाली नदी के या कद कजाली नदी कुछ भी आ जाए आपको एग्ज़ाम में आपको करना है ठीक है ये क्लियर है आपको यहाँ पर हमें स्थिति पता चल गई ठीक है अब देखना है कि यहाँ से इनमें से कौन से काल के कौन से काल के अवशेष यहां से मिले तो सबसे ज्यादा यहां जो मिले हैं वो मिले हैं ताम्र काल ताम्ण काल के यहां से ताम्रवशेष किस काल के काल के अब ताम्र काल ये रहा ये देखिए आप मैंने आपको डिवाइडेशन भी बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए इस काल के इस समय के इस समय के अवशेष जो हमें ज्यादा मिले हैं मतलब तांबे से बने ये तांब्रुगीन है ठीक है तो ऐसा भी माना जाता है कि जो ये है आहट सभ्यता जो आहट सभ्यता मैंने बताई थी ये जैसे अवशेष आहट सभ्यता से मिले हैं वैसे ही निंबा हेड़ा से मिले तो आपको ध्यान रखना पूछ भी सकते हैं कि आहट सभ्यता के समान ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान की देखो आहट सभ्यता भी राजस्थान की ही है तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जो राजस्थान की जिसके अवशेष समकालीन हैं उसके तो ये है निम्बाहेड़ा देखिए नि आहड़ भी कहाँ पर है उदयपुर में है और ये इसीलिए ये पास पास ही है आहड़ भी उदयपुर में है ये भी चित्तौड़गढ़ उदयपुर मतलब ये साउथ रीजन का ही है आ, जो इलाका है दक्षिण भाग ही है ये ठीक है तो यहां से सबसे ज्यादा किसके अवशेष मिले हैं ताम्र काल के ताम्रयुगीन के अवशेष यहां पे पाए जाते हैं इसके अलावा यहां पर मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल के भी यहां पर मध्य पाषाण काल जो है उसकी पेंटिंग्स मिली है क्या मिली है उसकी पेंटिंग्स मिली है किस काल की मध्य पाषाण काल की पेंटिंग से अपन बोलते हैं चित्र बोल सकते हैं इसको यहाँ पे जो शैल चित्र बोले शैल चित्र का मतलब आप समझते क्या होता है कि शैल चित्र मतलब पत्थर शैल चित्र मतलब शैलों पे पहाड़ों पे जैसे पहाड़ है इधर कोई पहाड़ पे मतलब कुछ जिस तरह से पहाड़ ऐसा होता है देखिए इस तरीके से हमारा ये पहाड़ होता है तो यहाँ पे शैल चित्र बने हुए हैं इन पे है ना तो शैल चित्र किस आकृति के होंगे ज्यामितीय आकृति के मतलब रेखीय आकृति के हैं इस तरीके के हैं इस तरीके की लाइनें हैं या कुछ उसका समझ नहीं है मतलब शैल चित्र इस तरीके के बने हुए हैं और ये शैल चित्र भी कहां से मिले हैं जो ये शैल चित्र कहां से मिले हैं एक धारेश्वर धारेश्वर एक जगह है ठीक है वहां से प्राप्त हुए हैं तो ध्यान रखना है कि निम्बाह में हमें मध्य पाषाण काल की पेंटिंग्स मिली है शैल चित्र मिले हैं शैल चित्र मिले हैं और वो भी कहा के हैं धारेश्वर जो है एक जगह है वहां से मिले हैं ठीक है थेके? और यहां पर एक नदी बहती है गंभीरी नदी कौन सी नदी है गंभीरी नदी तो उसके आस है मतलब तो उसके आसपास जो पठार है वहां पर ये चित्र बने हुए हैं ठीक है देखिए आगे देखिए ये आपको क्लियर है अब हम निम्बाह ही पढ़ रहे हैं इसमें देखिए आप मैंने अभी आपको बताया कि मध्य पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं यहां पे शैल चित्र मिले और ये कहा कौन, कौन सी जगह है धारेश्वर जगह धारेश्वर स्थान है ठीक है ये जो स्थान है कहां पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य ध्यान रहेगा जो धारेश्वर है वहां से क्या मिले हैं शैल चित्र मिले हैं और यहीं पर एक नदी बहती है उसका नाम है गंभीरी नदी ठीक है उसके आसपास हमें मिले हैं प्लेस का नाम पूछे तो धारेश्वर आ जाएगा और काल हमें पूछे कौन से चित्र मिले हैं शैल चित्र मिले हैं देखिए अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मध्य पाषाण काल की एक साइट आती है स्थल आता है भीम बेटका आपने बहुत पढ़ा होगा सुना होगा भीम बेटका की गुफाएं वहाँ से सबसे पुराने चित्र मिले हैं तो जो ये यह, यहाँ से भी जो चित्र मिले हैं ना निबाडा से वो भीम जो है उससे समानता रखते हैं जो भीम की गुफाएँ हैं उससे क्या रखते हैं ये समानता भीम के चित्रों से समानता है इसकी तो ध्यान रखिएगा ऐसा कौन सा स्थल है जो राजस्थान का है कि जिसके भीम बेटका के जो शैल चित्र मिले हैं भीम बेटका से भी शैल चित्र मिले हैं ठीक है भीम बेटका कहाँ पर है ये एमपी में है मध्य प्रदेश में है ठीक है तो वहाँ पे अगर जो समानता है जो इन चित्रों की वैसे ही चित्र निम्बा से भी मिले हैं ठीक है शैल चित्र किस प्रकार के यहाँ पे लाल कलर है उसमें यूज किया गया है अब देखिए लाल कलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर को कलर वगैरह तो यूज नहीं करते थे उस समय तो क्या यूज़ किया गया था यहाँ पर चित्रों को बनाने के लिए आपने पान आप खाते होंगे पान जानते हैं कत्था आता है एक है ना तो और कत्था जो होता था उसको पीस के वो रेड कलर का होता है ना तो उसको पीस के उसका कलर बना के फिर इससे क्या किया जाता पेंटिंग की जाती भीम की ये विशेषता है ठीक है तो वो रेड कलर का दिखाई देता था इस तरीके से वो कलरफुल दिखाई देता है तो भीम बेटका से क्या मिले हैं शिकार के दृश्य मिले हैं शिकार के दृश्य तो यहां पर भी जैसे मैंने बताया कि भीम बेटका की तरह ही निबा से भी मिले तो यहां पर शिकार के दृश्य भी मिले हैं ठीक है नृत्य करते मानव नृत्य करते मानव चित्र ठीक नदियां बहती है नदी बह रही थी तो नदी से क्या हुआ जलापर्दन हुआ मिट्टी का कटाव हुआ तो जो ऐसे जो शैल है ना वो इस तरीके से मिले हैं ठीक है मतलब ये ऊपर खापड़ है तो चित्र बने हुए इस तरीके से है मतलब नदी के बहाव के जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है वो आप जोग्राफी में पढ़ेंगे तो उससे क्या हुआ कि जो पहाड़ हैं मतलब जो शैल हैं इस तरीके से बन गए तो वहाँ पर ये इस प्रकार के चित्र बनाए गए तो आपको ध्यान रखना है कि जो नदी कौन सी बहती है इसके आसपास भीम का है मध्य पाषाण काल के चित्र हैं मध्य पाषाण काल में भीम का भी एक जगह है ठीक है स्थान है जहाँ पर शैल चित्र मिले हैं ठीक है तो निम्बाह की क्या विशेषता है यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं मैं आपको पढ़ाया है कि ताम्र युगीन सभ्यता है ये मतलब आहट सभ्यता भी समानता रखती है और किससे समानता रखती है का जो है है से भी इसकी क्या है? समानता है ठीक है है क्लियर है आपको इसी प्रकार आगे हम पढ़ते हैं तो देखिए एक जगह और आती है रथांजना एक जगह है ठीक है वहां पर भी आ, जो आ, मैं आपको बताऊं तो पूरा पाषाण काल के मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल के यहाँ पे औजार मिले हैं मतलब पाषाण ये तो शैल चित्र मिले हैं लेकिन यहाँ पर निम्न पुरा पाषाण मैंने आपको समझा दिया निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं कौन सी जगह है रथांजना जगह का नाम आपको ध्यान रखना रथानजना जगह है ठीक है वहां पर किसके किस प्रकार के औजार मिले हैं निम्न पुरा मतलब पाषाण के औजार मिले हैं मैंने आपको कल बताया था यहाँ से क्लीवर्स ठीक है और चापर चौपर ये इसकी विशेषता थी कल मैंने आपको पढ़ाया था आप देख लीजिएगा पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको आ, आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है निम्न पुरा पाषाण काल की सारी विशेषताएं मैंने आपको इसमें बताई हुई है ठीक है तो रथाना जगह है निम्बाहेड़ा के पास में ही है ठीक है वहां से पूरा पाषाण काल के निम्न पाषाण काल के क्या मिले हैं अवशेष मिले जो निम्न पाषाण के अवशेष है मतलब पत्थर के जो अवशेष हैं या औजार हैं वो हैं क्लीवर्स चापर चौपर ठीक है इसी के अलावा यहाँ के अगर हम लोगों की बात करें कि यहाँ के लोगों का मतलब किस तरीके से रहते थे है ना तो ये आखेट किस पर आखेट जो है शिकार बोला जाता है और ये क्या करते थे भोजन संग्रहण क्या करते थे ये भोजन संग्रहण भोजन संग्रहण भी किया करते थे और ये कैसा मांस खाते थे कच्चा मांस खाते थे यह भी ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार का मांस खाया जाता था कच्चा मांस खाते थे ठीक है कच्चा मांस खाते थे एक जगह और है सिगो क्या नाम उस जगह का सिगोह वहां से भी हमें पूरा पाषाण काल के पूरा पाषाण काल के क्या मिले हैं अवशेष मिले हैं ठीक है तो आपको ध्यान रखना है अगर हमसे पूछता है तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है ठीक है तो प्राग ऐतिहासिक काल मैंने आपको बताया ठीक है देखिए अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है तीन भागों में बांटा गया है प्राग काल फिर इसमें बांटा गया है दो भागों में बांटा गया इसको पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल ठीक है ये आपको मैंने समझा दिया क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए तो ये इसका बेस है जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप कोई भी सभ्यता अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे ठीक है इसीलिए कि जो प्राग ऐतिहासिक काल की जो ये है पाषाण काल है ताम्र पाषाण काल है हमने पढ़ लिया कि ताम्र ताम्र काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं निम्बाहेड़ा से मिले हैं ठीक है और निंबाह कहां पर है चित्तौड़गढ़ में है ठीक है इसी प्रकार पूरा पाषाण काल में बांटा मध्य पाषाण आदि ऐतिहासिक काल में बाटा ठीक है देखिए आदि ऐतिहासिक काल में है जो का युगीन कास्त सभ्यता बोला जाता है मतलब तो काश्य के बने हुए वो मिले हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी आदि ऐतिहासिक काल में ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता अब एक और चीज है निंबाह का मिले हैं का मिले हैं कैसे कास्तयुगिन चित्र भी मिले हैं और ऐतिहासिक काल जो इस समय के भी चित्र मिले हैं से चित्रों की बात करें तो मध्य पाषाण काल का तो मैंने आपको बता दिया और कास्तयुगिन भी मिले हैं ठीक है मतलब इसके आगे जो इस समय चित्र बनाए जाते थे ठीक है शैल चित्र की बात हो रही है पेंटिंग मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि कलर से वो पेंटिंग बनाएंगे ठीक है तो यहां पर सिर्फ शैल चित्रों की बात हो रही है तो वो कास् युगीन से भी मतलब पाए गए हैं निम्बा हेड़ा पे और ऐतिहासिक काल पे ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रयोग हुआ लोह काल बोला जाता है ठीक है इसको क्या बोला जाता है युगिन ठीक है आपको क्लियर आप तो उसको बता सारा बताया हुआ इसमें कि आप पूरी यह विशेषताल से संबंधित ठीक है और अब देखिए जो निम्बाड़ा है वो हमने देख लिया चित्तौड़गढ़ में है चित्तौड़गढ़ में भी कहां पे है जो 30 किलोमीटर दूर है चित्तौड़गढ़ से 30 किलोमीटर दूर है निम्बा हेड़ा ठीक है कौन सी नदी है निम्बा नदी है कौन सी नदी है निम्बा नदी और कजाली नदी या कदमाली नदी भी आता है इसका नाम ठीक है और यहाँ से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं ताम्रयुगिन मतलब ताम्ब्रयुगिन तांबे के अवशेष मिले हैं जो आहट सभ्यता से क्या करता है उसकी मतलब समानता है आहट सभ्यता के समान है यहाँ पे जो तांबे के अवशेष क्या हुए हैं मिले हैं ठीक है इसी प्रकार मध्य पाषाण कालीन क्या मिले हैं यहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं ठीक है अब देखिए मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र मिले हैं मध्य पाषाण कालीन में एक और जो है साइट है या स्थल है भीम बेट का भीम का से जैसे शैल चित्र मिले हैं वैसे ही शैल चित्र निम्बा हेड़ा से भी मिले हैं ठीक है जैसे शिकार के दृश्य शिकार करते हुए नृत्य करते हुए मानव के दृश्य इस प्रकार के और यहाँ पर देखिए कैसे जो एक गंभीरी नदी है उसके किनारे में है और ठीक है और कौन सा जगह का नाम क्या है धारेश्वर शैली तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धारेश्वर धारेश्वर में धारेश्वर कहाँ है या धारेश्वर धारेश्वर से किस प्रकार के जो शैलचित्र मिले हैं मतलब किस सभ्यता से इसका संबंध है धारेश्वर क्या है तो आप बता सकते हैं कि धारेश्वर का संबंध निम्बा हेड़ा सभ्यता से है किस कौन सभ्यता से निंबा निम्बा हेड़ा सभ्यता से और ये क्यों है क्योंकि यहाँ से इस जगह से धार्मिक जगह है नदी कौन सी है गंभीरी नदी है ठीक है और भीम का से समानता दर्शाते हुए चित्र यहाँ से मिले हैं कैसे चित्र हैं शिकार के चित्र हैं और नृत्य करते हुए मानव हैं और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से बनी हुई क्योंकि नदियाँ जो बहती थी तो इससे कटाव करती थी मिट्टी का कटाव और जल का बहाव के कारण जो इनमें क्या हुआ पत्थरों में कटाव हुआ तो इस प्रकार के ये ऐसे बने हुए हैं और वहाँ पर मतलब इस तरह से गुफाएँ सी बनी हुई हैं वो हमें चित्र बनाए दे, दिखाई देते हैं और यहाँ के लोग गुफाओं में रहते थे ठीक है इस तरह के जो निम्बा हरिडा से जो हमें छह रोक शेल्टर्स मिले हैं कितने शेल्टर्स मिले हैं छ रोक शेल्टर्स मतलब छह मतलब क्या बोलते हैं गुहा निवास गुफा निवास ठीक है ध्यान रखिएगा छह गुफा निवास भी यहाँ से मिले हैं तो और इनका लोगों का जीवन कैसा था आखेट करना था और भोजन संग्रह करना था मांस कैसा खाते थे कच्चा मांस खाते थे ये ठीक है इसके अलावा यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के पत्थर के क्या मिले हैं औजार भी पाए गए हैं ठीक है और ये कौन कैसे हैं जैसे चापर चौपर क्लीवर्स हैंड्स हस्तकुठार इस तरीके के भी मिले हैं और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कास्तयुगी का शैल चित्र भी मिले हैं मैंने आपको बता दिया किस तरीके के कि जैसे आ, अगर हम प्रागैतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे तो आधतिहासिक काल को कांस्युगिन भी कहा का जाता है कांस्ययुगिन का मतलब यहाँ पर इस समय जो मानव है उसने तांबा तो देख लिया था तांबा पहला धातु है जो मानव ने पहली बार प्रयोग किया तांबा और टिन तांबा और टिन को मिला क्या बनाया जाता था कांसा तो जो सिंधु घाटी सभ्यता आएगी इसके अंदर सिंधु आपको पढ़ना नहीं है बट आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता रही हूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कांसे का प्रयोग किया करते थे तांबा प्लस टिन मिलाके किसका प्रयोग करते थे कांसे का प्रयोग करते थे मतलब तांबा तो जो खोज लिया था उसके बाद में इन्होंने टिन खोजा टिन को मिला तांबे में कांसा बनाया गया था ठीक है तो यहाँ पर जो कांस्युगिन शैल चित्र भी मिले हैं इसके अलावा ऐतिहासिक काल के ऐतिहासिक काल के आगे मैंने आपको पढ़ाया था ना ऐतिहासिक काल के चित्र भी यहाँ से मिले हैं ठीक है आपको जगह का नाम भी याद रखना है रथान जना रथाना से निम्न पुरा कालीन मिले हैं चित्र ठीक है इसके अलावा सिगोह जय सि सिगो जो जगह है उसमें से पुरा काल के हमें क्या मिले हैं औजार ठीक है ओजार, तो क्या चीज देख ली यहाँ पे शैल चित्र भी मिले हैं ठीक है और यहाँ पर क्या मिले हैं निम्न पुरा पाषाण काल के और पुरा पाषाण काल के पत्थर के औजार भी मिले हैं इसके लिए ये सभ्यता बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है ठीक है इसमें हमने पढ़ लिया और जगह का नाम भी देखिए गंभीरी नदी थी और एक गुंजाली नदी भी है ठीक है यहाँ पर जो है एक गुंजाली नदी ये नदियों के नाम भी हमें याद रखने हैं क्योंकि आ, जो निम्बा हेडा इसके आस ये तो आ, प्राचीन जो नदियाँ थी जो निम्बा नदी है मैं बताइए आपको निम्बा और कदमाली नदी है जो प्राचीन में बहती थी इसलिए इसका नाम निम्बा हेड़ा रखा था ठीक है इसके अलावा जो अभी जो बहती है जो नदियाँ गंभीरी नदी है जो, जब खुदाई की गई थी तो वहाँ पे गंभीरी नदी थी तो उसी के किनारे के शैलचित्र पाए गए थे और एक गुजाली नदी भी है जहाँ सिगो एक जगह है वहाँ से इसके जो हमें प्रमाण मिलते हैं मतलब पत्थर के औजारों के प्रमाण भी मिलते हैं और यहाँ पर एक चीज और है यहाँ पे एक जो यहाँ पे बुरा काल के जो हमें जो मिले हैं ना चित्र वो किसके बने हैं क्वार्टजाइट के क्वार्टजाइट पत्थर के ये कैसा होता था ये होता था आ, नीला और गुलाबी ठीक है इस प्रकार के यहां से पत्थर भी मिले देखो निम्बा हेड़ा अगर आप नॉर्मली पढ़े तो निम्बा हेड़ा अभी किस लिए फेमस है निम्बा हेड़ा राजस्थान में किस लिए फेमस है सीमेंट उद्योग यहाँ पे बहुत जेके सीमेंट और बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो बड़े बड़े सीमेंट उद्योग यहाँ पे पनपे हैं अभी पन विकसित हो रहे हैं और हुए भी हो भी चुके हैं तो निम्बा हेड़ा तो यहाँ पर पत्थर की जो क्वालिटी है इस तरीके की हैं मतलब तो वहाँ पे प्राचीन काल में भी इस तरीके का पत्थर होता था ठीक है तो कौन सा पत्थर क्वाट पत्थर है ठीक है और वो कैस प्रकार का नीला और गुलाबी है और यहाँ पर एक उद्योग और होता था उसको बोलते थे क्लेसडोनी उद्योग क्लेसडोनी उद्योग ठीक है? कौन सा उद्योग क्लेस डोनी उद्योग ठीक है ये ध्यान रखिएगा ये क्लेस डोनी उद्योग एक तरीके से एक प्रकार का पत्थर है यहाँ पे अब भी देखिए सीमेंट का हो रहा है तो वहां पर इससे प्राचीन काल की हम पढ़ रहे हैं तो वो एक प्रकार का पत्थर होता था ठीक है मतलब एक पत्थर का औजार होता था मतलब उसको काफ़ी मतलब औजार बनाने के रूप में मतलब पत्थर के औजार यहाँ पे बनते थे तो उस तरीके से इस ये प्रकार का उद्योग उध्य, उद्योग जो था वो यहाँ पर विकसित था ठीक है और ये इसके अलावा सारे पत्थर का हमने पढ़ लिया तो इस तरीके से ये ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर पत्थरों के प्रकार भी हमें ध्यान रखने हैं किस प्रकार के साथ के साथ यहाँ पर ब्लेड्स भी मिली हैं ब्लेड्स के रूप में भी मिले हैं ब्लेड्स ब्लेड्स उद्योग भी यहाँ पर था ठीक है जैसे मैंने आपको कल बताया था मंडपिया में ब्लेड्स मिले हैं देखिए अगर निम्न पुरापाषाण काल की विशेषता पढ़ें फिर उसके बाद में हम मद्य पुरापाषाण काल की विशेषता पढ़ते हैं फिर उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता पढ़ते हैं आप मेरे पिछले वीडियो में जरूर से देखिएगा उसको फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी क्लेश एक पत्थर का प्रकार है तो वो इस प्रकार के पत्थर से यहाँ पर औजार बनाए जाते हैं मतलब ये हम माने कि यहाँ पर ये निम्बा जो काफ़ी विकसित है क्योंकि यहाँ पे शैलचित्र भी मिल रहे हैं मतलब यहाँ के लोगों में यहाँ की सभ्यता जो यहाँ के लोग रहते थे ये काफी विकास की ओर आगे बढ़ रही थी क्योंकि तभी तो यहाँ पे का चित्र भी मिल रहे हैं मतलब यहाँ पे जो मनुष्य है उसने थोड़ा क्या एडवांस रूप से आगे बढ़ना सीख लिया तो एक तरह से अगर हम बागोर से पढ़ें बागौर में भी लोहे के भी मिले हैं लेकिन निम्बा हेड़ा जो है वो एक अलग तरीके से सभ्यता का विकास हो रहा है यहाँ पे मतलब तांबे के भी चित्र मतलब तांबे की चीज़ें भी मिल रही हैं यहाँ पे और पत्थर की ज़्यादातर मिल रही हैं ठीक है ठीके? और लेकिन चित्र की बात करें तो चित्र के में थोड़ा सा विकास ज़्यादा है शैल चित्रों में विकास इनका ज़्यादा हुआ है तो कास्ुगिन के भी चित्र मिल रहे हैं और ऐतिहासिक काल के भी चित्र यहाँ पर मिल रहे हैं तो मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद